नशे के खिलाफ सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा प्रदेश में हुक्का बार बंद करने का अभियान चलाया जा रहा है इस कार्रवाई को और कठोर करने के लिए इसमें एक साल से तीन साल तक की सजा और जुर्माने की राशि बढ़ाकर एक लाख रुपए करने का प्रस्ताव गृह विभाग ने विधि विभाग को भेजा है इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा और चुनाव को लेकर भी निशाना साधा डॉक्टर नौता मिश्रा ने कहा सीएम शिवराज के निर्देश के बाद बार पर प्रतिबंध लगाने के लिए गृह विभाग द्वारा तैयार कर विधि विभाग को भेज कर अन्य तंबाकू अधिनियम दो हजार में आवश्यक संशोधन किया जा रहा है अब जुर्माना और सजा दोनों ही बढ़ाई जा रही है मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद प्रदेश के अंदर संपूर्ण प्रदेश में हुक्का अभियान चलाया था चूकी अभी तक उसमें कार्रवाई जो हो रही थी उसमें उस कार्रवाई को और कठोर करने के लिए अब उसमें एक साल से तीन साल तक की सजा का प्रावधान और प्रस्तावित गृह विभाग ने विधि विभाग को किया है और जो जुर्माना था अब उसको भी बढ़ा के एक लाख रुपए तक ला रहे हैं जिससे सख्त कार्रवाई हो सके इस प्रस्ताव को आगे बढ़ा रही है सरकार और इन पर हुक्का बारों पर अब प्रतिबंध लगाने के लिए कानूनी मसौदा जो है उसको मंजूरी गृह विभाग के द्वारा कानून विभाग को भेजकर दी गई है नौतम मिशन ने वैशाली ठक्कर सुसाइड केस को लेकर कहा कि वैशाली ठक्कर सुसाइड केस में 306 में प्रकरण दर्ज किया गया है इस मामले में कार्रवाई की जा रही है जो प्रथम दृष्टया जांच में आया है उस प्रथम दृष्टिया जांच के हिसाब से उसमें प्रकरण 306 का पंजीबद्ध कर लिया है राहुल जी हैं और ढिसा करके हैं इनके दो लोगों के ऊपर प्रकरण पंजीबद्ध किया है पड़ोस के ही रहने वाले हैं परिचित हैं उनके।, उनके उन पर ये केस लगाया है उनके मोबाइल और लैपटॉप अभी ओपन नहीं हुए हैं स्थिति यह है इसके बाद का बढ़ाया जा। मिश्रा ने गांधी की, कि की, है। सभा, की है कि सभा के फोटो विदेश के आ रहे हैं नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व सीएम कमलनाथ की वोटिंग को लेकर कहा कि कमलनाथ ऐसे चुनाव में वोट डालने गए हैं जिसका परिणाम पूर्व से ही पता है उन्होंने कहा हमारी पार्टी में सभी के कद बढ़ते हैं वह भी हमारे परिवार के सदस्य हैं। उन्होंने कहा यह ज्योतिरादित्य सिंधिया के ही विभाग का कार्यक्रम था शीर्ष नेतृत्व के आगमन से पार्टी और संगठन दोनों ही मजबूत होते हैं अब ऐसे ही भीड़ दिखानी पड़ेगी कांग्रेस को राहुल गांधी जी की मैंने उस दिन कहा था कि पूरे देश के आ रहे हैं अब तो लोग पूरे देश के जा रहे हैं फोटू पूरे विदेश के आ रहे हैं ये राहुल गांधी की सभा की स्थिति है दो तीन तरह के विषय उद्बुद्ध होते हैं उनकी पार्टी का मामला है वैसे तो नगरपाल का चुनाव में कहा था कि हम छोटे मोटे चुनाव में वोट नहीं डालते मतलब संविधान पे विश्वास नहीं पर संगठन पर विश्वास और ऐसे चुनाव में वोट डालने गए जिसका परिणाम सबको मालूम है कोई भी बता देगा कि कौन जीतने वाला है जिसका परिणाम सबको मालूम है उसको आप वोट डाल के एक पॉलिटिकल जो है औपचारिकता पूरी कर रहे हैं मुझे तो ऐसा ही लगता है